भैले कम नया गुनावा गुफलवा के जल ए माधो माधो ए माधो भैल कमना गुनावा उफलवा कत जल हे महाव हे उफलवा कत जल हे महाव कैला महीन के करार बीतल हे महाद कैला महीन के करार तले दो माधो आत पूछल महारा जो नुला हमार सूरत देख भूल हे माधो जो नुछला हमार सूरत देख भूल हे माधो भैल कमाना आया भोलाबा के तेज हे महादो खा भोलाबा के तेज ए महादो महीना के करार बेन नदी कले हे महाव कैला महीन के करार बड़े नदी कले हे महाध बालू के भीतर भीतर बालू बालू के के के भीत उठाव तार केतना दिन चली के बालू के भीषर वारक तपाना पाना हे माधो आई की वो छरी संग प्रीत कस कठी ननी माई हे मारो की वो छरी संग प्रीत कस कठी ननी ema go ah ma कब नया गु नई लवनाया गुनामा गुफल बा के तेज हे मानो हे गुफल बा के तेज हे मो कोई ना महीना के करारीना बीतले हे महार विर विरहा विरा तक वेला विरह राधा बे रह सता वेला राधा बे रहता वाला राधा बे रह जरा <Costa> यज्नी आ जैसे जरा यजिनी आजते हम के राधा बे रही कता राधा बे रही राह हाँ तका वेला राजा दूर हे माधो माधो माधो ए या भैल कबना रगुनामा उपलब् के माधव भ कबाला गोफुल बा कतल ये महादो आए कैला महीन के कर बीतल ये महादो कहीन के करार बीतल ए hey, का hey,